अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने वो उनका इंटरव्यू है उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री वजीर अला जो अब देश के वज़ी अजम और प्रधानमंत्री हैं तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में भारत में YouTube पर Twitter पर इसको बैन लगा दिया इसको बैन लगा दिया चलिए अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री नहीं थे मोटी नहीं थे कोई आया था मार्स से, सेटन से आया था कोई प्लैनेट से आया कर, क्या हम आप नहीं थे आके मार के चला गया बिलखिजानों का रेप आपकी सरकार नहीं थी कोई और था और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के जिनकी जिस्म के छह टुकड़े करके उनको जला दिया गया जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला उनको भी नहीं मारे वो आसमान से लोग आए थे आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए आपकी जुम्मे आप नहीं थे आप आप थे ही नहीं मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए उतरे ठक ठक ठक ठक काम करे बैठे निकल गए आप नहीं थे चलिए मान लिया आप नहीं थे और आपने बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया बैन करा ना पड़े ना न्यूज आप लोग पढ़ते ना बीबीसी का बोले नहीं नहीं दिखाना नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे हैं। आप गलत है हम इजाजत नहीं देंगे हम उसको बैन लगा दिए मैं वजीर से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया महात्मा गांधी के खाति गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है गोड़से के बारे में क्या राय है बताइए हमको खातिल है ना आप गांधी का मानते ना आप लोग ये आप भी इतना डाउट में आ गए मानते ना उन्हों गांधी को गोली मारे कब मारे 30 जनवरी को अब आ रही 30 जनवरी वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए कहते क्या बात है प्यारे हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है नहीं मालूम ही बोले पढ़ा ठीक हो पड़े होंगे क्या मालूम बहाल तीस जनवरी को गोडसे ने गांधी का खतल किया किया ना तो भारत का सबसे पहला टेरिस्ट कौन, कौन है तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे बोलेंगे ना अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर नाथुर गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा तो भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आप के बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी मिर्ची लगी बैन और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा हम पूछना चाह रहे बीजेपी से आप तो बोलेंगे उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना टैक्स अच्छा आप मैगनी शो देखने के कायल नजर आ रहे हैं मेरे को भारत पिक्चर पर बैन करेंगी नहीं करेंगी हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं पूछ रहे हैं आप गोडसे के पिक्चर पर बैन कराओ चलो नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं हैं कोई बड़ा नहीं हो सकता गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना